श्रंखला गांव में महान सेनानी बलिदानी आंदोलनकारी शहीद प्रताप के प्रतिम, प्रतिमा का आज यहां अनावरण हुआ इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं इतिहास के शख्सियत माना प्रताप जिन्होंने अपने सबके स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में भटक भटक करके विरोधियों का प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए रातों रात भूखे रहकर अपनी सेना को एकत्र किया और जहां तक उन्होंने अपनी सीमा समझी वहां तक ये मुकाबला किया और शहीद हुए वहां तक मुकाबला किया कहते हैं उनकी जो सीमा थी उस सीमा को खुद नहीं तय करते थे बल्कि अगर मैं चार पंक्तियां बोल के बताऊं तो उनकी सीमा कहां तक होती थी द्वंद्व कहां तक पाला जाए द्वंद्व कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक ताला जाए द्वंद्व कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक ताला जाए राणा का तो वंशज है फेंक कहां तक भाला जाए पूरे हरियाणा का विकास ये हम करेंगे और हमने किया पहले दो महीने में दो हजार चौदह नवम्बर हमने हरियाणा के हर जगह केंद्र पर जाकर के प्रारंभिक जानकारियां ली धन्यवाद किया अधिकारियों से मिले कार्यकर्ताओं से मिले तो जानकारी हमको मिल गई फिर दो हजार पंद्रह और सोलह में सभी नब्बे विधानसभा क्षेत्रों में गया सभी नब्बे विधानसभा क्षेत्रों और जितनी मांगे जिसने कही वो सारी की सारी उनकी पिछले पांच साल के कार्यकाल में पांच साल के कार्यकाल में जितनी मांगे यहां करके करके गया था इस किसी की रैली में वो सारी पूरी कराई उसके अलावा भी विभागों ने जो काम किया मैं हिसाब लेके आ रहा था मैंने कहा सोना ग्राम का बताओ तो सही के पांच साल में कितना काम हुआ तो मुझे बताया गया दो सौ करोड़ का काम पिछले पांच साल में हुआ यह लगता था कि इस वर्ष के पांच साल में जो अभी हमें पहले आ जाना चाहिए था उसके अंदर बाधा बन गया कोविड कोरोना कोरोना के कारण से शुरू में दो हजार बीस के शुरू में कि उनमें पांच विधानसभा में जा पाया था अब हमने इस दौर को फिर शुरू किया है और उसमें सबसे पहली विधानसभा वो तो सोना विधानसभा की आज की रैली है क्या मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूं लगातार ये विधानसभा आगे करके हमारे होंगे और जो आपकी अपेक्षा है आपकी कथनी है आपकी डिमांड है उसको यथा संभव सबको तो पूरा करेंगे सबको पूरा करेंगे तो मित्रों तो तो सोना में जो विकास की लहर है ये विकास की लहर अपने आप भी केंद्र सरकार की मेहरबानी से भी कुछ शुरू हुई है क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां हमारे रोड्स और रेलवे का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बनने जा रहा है क्या जब मैं आपको जो बताऊंगा कि कितनी बातें आपको पता होगा ही लेकिन यहां पांच प्रोजेक्ट? इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर से या इसके जो निकल रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहला कुंडली मानेश्वर पलवल ये अभी सड़क बनी है दो साल डेढ़ साल पहले इस कुंडली मानेसर पलवल का बहुत बड़ा योगदान विकास का इस इलाके के लिए होगा ऐसे उसी रूट के ऊपर एक रेलवे ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर जो पलवल से चलेगी और कुंडली तक जाएगी वो इस रोड के साथ साथ होगी अब आपको चंडीगढ़ जाने के लिए साथ दिल्ली से नहीं पकड़नी पड़ेगी बल्कि इस, इसी रोड के ऊपर आपको स्टेशन मिलेगा सीधा चंडीगढ़ जाएंगे तो चंडीगढ़ का रास्ता इन मार्गो से बहुत आपका आसान हुआ है ऐसे में कहूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अब इस मार्ग से जो उद्योग लगेगा इस मार्ग पर जो सामान जाएगा मुंबई तक पहले दो दो दिन समान पहुंचता था अब मात्र आठ घंटे नौ घंटे में गाड़ी यहां से मुंबई पहुंचेगी सामान लेकर के यहां से सब्जियां भी मुंबई भेज सकते हैं आप ताजी सब्जियां जो यहां से लगेंगी पांच छह घंटे में खराब नहीं होती है मुंबई जाके उतरेगी और अगर विदेश के लिए एक्सपोर्ट का मामला सब्जियों का खुल गया तो ये पोर्ट से वहां से विदेश भी जाएंगी वैसे तो हवाई अड्डा भी बहुत नजदीक है अब सब्जियों का भी पोर्ट वो अलग से बनने वाला है इसलिए दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है एक्सप्रेसवे है ये जो तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सड़क का मार्ग है साथ में है रेलवे का वेस्टर्न डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे ये है रेलवे का उससे पहले जो मैंने बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वे है सोना के बगल से निकल रहा है जिसका भी पिछले दिनों में लेकिन गडकरी जी स्वयं उसका जो देखने के लिए आए थे ऐसा काम चल रहा मैं स्वयं वहां गया था गोग्राम अलवर रोड इसका भी क्योंकि तो अलवर के साथ राजस्थान की तरफ निकलने के लिए उस रोड का भी आपको लाभ मिलेगा तो ऐसे पांचवा जो हाईवे है कनेक्टिविटी के इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे रोड अच्छा हो तो उस इलाके का विकास उद्योग के लोग बहुत करते हैं रोजगार बहुत मिलता है तो इलाके के आदमियों को रोजगार के लिए के दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा टाउडों का लघु सचिवालय और सोना का लघु सचिवालय इनका चलन हो गया 16 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों बनाएंगे सोना में हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है 50 का है ना पैतीस का बता रहे हैं 50 का बता रहे हैं। चलो पैंतीस पचास हो आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया उसकी जरूरत है ना बहुत जरूरत है सौ बेड का इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूं दमदमा झील मैंने देखी है लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा कि योजना बनाओ क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है या पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर उसकी से उसकी विकास ढंग से होना चाहिए पक्षियों को तकली ना हो टूरिज्म का क्षेत्र भी बने तो एक तो उनको इसकी विकास की, की योजना बनाने के लिए कहा है वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में वा दो एकड़ की जमीन की जरूरत है जमीन के नियोजन अगर वहां जमीन है तो उसका आप साढ़े तीन करोड़ रुपए लागत आएगी पी मंजूर कर दें ऐसे ही दमदमा का स्कूल है उसका नाम शहीद राज सिंह खटाणा नाम रखने की बात आई है उसको भी हमने मंजूर किया सोना शहर बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की बड़ी मांग एक है इकतालीस कॉलोनिया वहां है उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलर करेंगे ताकि अन है उनके ऊपर ये ना की रहे चौक की एक छोटी डिमांड है सौंदर्यकरण ट्रस्ट में से करा देंगे पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क जमीन है पार्क के लिए तो उस पार्क को मंजूर करते हैं पांच करोड़ रुपया उसके लिए कूड़े की निजात की समस्या लेकिन जिस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है लगा हुआ है हम सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है बहुत जल्दी पीएफपी एक्ट का समाधान मुझे लगता है महीना दो महीने में हो जाएगा और तुरंत उसका जो कूड़ा निस्तारण की जगह है वो सुरक्षित कर देंगे ताकि लोगों को इससे निजात मिले पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें बताई गई है उसमें कुछ सड़कें तो फिजिबल है कुछ अभी नॉन विजिबल है किसी का जमीन का झगड़ा है किसी में अक्वायर करना पड़ेगा तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने सात सड़कें उनका चौड़ीकरण कर लेगा उनका सुदृढ़ीकरण करना और नई सड़कें दो उसमें तो इसके लिए साढ़े तैतीस करोड़ रुपया ये के की बात भी कही भंगो का स्कूल प्राइमरी से मेडल पढ़ने का आठवीं से बारहवीं जिला का आठवीं से बारहवीं जफलपुर का पांचवी से आठवीं तो ऐसे ये चार स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले वर्ष में इसकी योजना मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं 9 नौ के मंजूर हुई है 11 किलोमीटर लंबी है लगभग 5 करोड़ रुपया खर्च आएगा यह भी मंजूर किया जाता अपना जो शरणथला आए हैं तो यहाँ क्या देखे गए हैं ये सब पूछेंगे तो शरणथला में स्टेडियम की मांग की है वो सकते हैं एकड़ लैंड है क्या साढ़े एकड़ लैंड चाहिए स्टेडियम के लिए शरणफला है? है ना तो स्टेडियम मंजूर किया जाता है ग्वालपाड़ी में भी स्टेडियम मांगा है ग्वालपाड़ी के लोग आए हैं यानी आए होंगे दूर है आए हैं तो हमें भी साढ़े छड़ लैंड है क्या पंचायती जमीन साढ़े छड़ अगर है तो वहां भी स्टेडियम मंजूर किया जाता कुछ गांव में सामुदायिक सामुदायिक भवन मांगे गए हमने कहा कि जहां जहां कोई धर्मशाला नजदीक नहीं है पहले से सामुदायिक भवन नहीं है ऐसे स्थानों पर तुरंत सामुदायिक भवन बनाएंगे तो ऐसे छह स्थान निकले हैं जहां ये सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे दस करोड़ रुपए का खर्च में आएगा इसी प्रकार ग्राम विकास की सड़कें से आठ सड़कें हैं सोलह किलोमीटर ये भी दस करोड़ रुपए का खर्च आएगा इसको भी मंजूर किया जाता है सोनानगर यहां पहाड़ का पानी को कई बार तालाब बन जाता वहां पर बाढ़ जैसा हो जाता स्थिति तो चेकडैम सात चेकडैम उनके मंजूर किए हैं उन सात चेकडैम पर दो करोड़ रुपए लगेगा उसको मंजूर किया जाता मित्रो, है मित्रों कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी फिजिबिलिटी चेक होने के बाद जैसे ही होकर आएगी वैसे ही उसकी बात में घोषणा कर देंगे लेकिन आज की डेट में पचास घोषणाएं हैं जिनके ऊपर एक करोड़ का खर्च आएगा इसको सबको मंजूर किया जाता